दोस्तों कोई इंसान अगर दिन में तीन से चार सिगरेट पीता है तो वो इंसान एक साल में लगभग 1500 सिगरेट पिएगा ठीक है और छह से सात साल बाद ये इंसान 10,000 से ज्यादा सिगरेट पी लेगा उसके बाद उस बंदे का फेबड़े को हाल देखोगी तो तुम भी बोलोगी माय oh गॉड और सिगरेट पीना ही छोड़ दोगी तो पहले सबसे पहले ये लोगों ने एक कांच का डब्बा ले लिया और उसके अंदर तुला भर दिया और साइड पे छोटा छोटा छेद किया जिसे उस सिगरेट को वहीं पे सेट कर दिया जाए और उससे उसके बाद एक हवाई मशीन जो हवा को बाहर खींचेगा और ये देखो क्या हो गया ठीक है तो उसके बाद जो हुआ ये देखने के बाद तुम्हारी हुएगी अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है